आज तो फ्राइडे है अब तो दो दिन रेस्ट करूँगा आपको नहीं लगता हमें बच्चों के साथ वीकेंड्स पर कहीं बाहर जाना चाहिए ओह बट कहाँ नेचर के बीच किसी अपने घर पर। अरे बाबा कहाँ आपको पता है टीना के हस्बैंड ने पाली हिल सिटी में प्लॉट लिया है जो नेचर के करीब और बजट फ्रेंडली भी है इधर मुंबई का बजट फ्रेंडली हमारा बजट फ्रेंडली नहीं होता नहीं ये सिर्फ सिक्स पॉइंट एट शुरू है वो भी चौबीस आसान किस्तों में दे सकते है अरे वाह ये तो एक अच्छी डील है। उंड एंड रोड फॉर ऑल द्लॉट वी ऑल्सोन स्पेस एंड क्लब हाउस इन एम स्पेस वाटर फॉल व्यू फ्रॉम प्लॉट नियर टू एडल गणपति